गज इस वीडियो को अंदर आपको एक ऐसा दृश्य नजर आ रहा होगा जिसमें एक महिला एक पुरुष को अपना दूध पिला रही है अब दोस्तों इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का गलत थॉट आ रहा होगा लेकिन इसकी सच्चाई जान कर आपके आंखों ऐसी समय की है उस समय एक गरीब आदमी ब्रेड के एक टुकड़े को चुरा लिया था उसके जुर्म में लुइस फोर्टीन ने उस गरीब आदमी को एक ऐसा सजा दिया जिसमे बताया गया की जब तक इस बूढ़े आदमी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक से कोई खाना नहीं दे और उसे जेल में डाल दिया गया लेकिन उसकी बेटी उससे हर रोज मिलना चाहती थी और इस तरह से उसने सरकार से ऐसी मांग की और सरकार ने ऐसी इजाजत उन्हें दे भी दी कि जाओ भाई मिलो अपने पिता से मिलने में क्या किसी की क्या बुराई है उसके बाद डेली वो लड़की अपने पिता से मिलने जेल में जाती थी और गार्ड उसे पूरी तरह ऐसी चेक करके फिर अंदर भेजते उस महिला को अपने पिता की उस हालत को देखी नहीं गयी और वो उस दिन ऐसी अपने दूध अपने पिता को खुद ऐसी पिलाना शुरू कर दिया चार पांच महीने बीतने के बाद उस व्यक्ति को जिंदा रहने के बाद सरकार ने ऐसा सोचा कि आखिर में चार पांच महीने के बाद भी ये बंदा कैसे जीवित रह सकता है और ऐसे में गार्ड को उस लड़की पर शक हो गई और फाइनली एक दिन गार्ड ने उस लड़की को अपने पिता को दूध पिलाते हुए देख लिया और दोस्तों सरकार ने उन दोनों की ऐसी प्रेम गथा देख कानून नहीं बल्कि भावात्मक दृष्टि से देखा और उन दोनों को रिहा किया तो दोस्तों महिलाएं किसी भी रूप में हो चाहे बेटी पत्नी मां या फिर किसी भी रूप में हो वो अपनों को बचाने के लिए हद तक गुजर जाती है। गैस इस पेंटिंग को यूरोप के एक मुरिलो नाम का पेंटर ने बनाया है दोस्तों इन दोनों बाप बेटी के बीच का स्नेह आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना और यदि आप ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सीक्रेट फैक्ट जानना चाहते हैं तो मेक श्योर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए सब्जेक्ट के साथ सो बाई टेक केयर एंड सी यू